उमरिया में mm, बाद टाइगर रिजर्व पार्क के क्षेत्रफल में इजाफा होगा टाइगर रिजर्व के मध्य स्थित गढ़पुरी गांव को विस्थापित किया जाएगा इसके लिए ग्रामीणों और पार्क प्रबंधन में सहमति हो गई है टाइगर रिजर्व पार्क के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा रहा है जिसके लिए गढ़पुरी गांव को विस्थापित किया जाएगा पार्क प्रबंधन और ग्रामीणों में सुलह हो गई है पार्क प्रबंधन कार्रवाई के बाद मुआवजा की राशि का वितरण करेगा गढ़पुरी गाँव के चिन्हित तीन परिवार इसके लिए राजी हो गए हैं आपको बता दें गढ़पुरी गाँव बादौगढ़ के कोर जोन में है